मुझे इसका सम करना है तो दो चीजें हैं एक तो आप यहां पे सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ये आपका सम करके दे देगा या दूसरा आप इस पर क्लिक कर दें और ऑटोमेटिकली आपका सम अप्लाई हो जाएगा हालांकि शॉर्टकट भी होता है alt equal जी हां alt प्लस इक्वल एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला लग जाएगा और एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ रिजल्ट आएगा सब के अलावा अगर इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे एवरेज एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा काउंट नंबर्स, मैक्सिमम मिनिमम हो तो अदर फॉर्मूला इसलिए आपसे अथोमेटिक रेंज को सिलेक्ट कर लेता है ठीक है